जलने वालों की कमी नहीं जलने तो जो जलता है भाग नहीं पड़ता फर्क मुझे अपना तो ऐसे ही जलता है कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए मगर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी में आ करता है राख बेसकूँ मैं मगर मुझ में हरकत अभी भी है जिसको जलने की जल्दी हो हवा दे के देख लें